तो अंडा कितना खाना है नहीं खाना है कितना अंडा खाओगे? पांच। पांच पांच खाओगी पैसा कितना दोगी पापा कितने हैं? पांच। मम्मी कितने पांच। सब पांच है तुम्हारा नाम क्या है है। तुम भी पाँच ही हो ये सब पांच है पता है आपको